गए साढ़े चार, खुल गया चारिया का दरबार घड़ी में बज गए साढ़े चार खुल गया मैया का दरबार खुल गया मैया का दरबार खुल गया मैया का दरबार खुल गया मैया का दरबार खुल गया मैया का दरबार घड़ी में बज गए साढ़े चार खुल गया मैया